मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फिर शिवराज सरकार तोहफा देने जा रही है सरकार किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और कृषि उपज मंडियों में उन्हें तुलावटी और हमाली न देने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब उनकी फसल का मर्जी का रेट मिलेगा और मंडी में लाई जाने वाली फसल में अब उन्हें तुलावटी और हमाली नहीं देनी पड़ेगी मंत्री पटेल ने कहा की जैसे वेयर हाउसों पर सरकार किसान ऐसी उनकी फसल की खरीदी करती है और तुलावटी और हमाली किसानों से ना लेकर सरकार देती है कृषि उपज मंडियों में अभी इस व्यवस्था में किसान और व्यापारी आधा-आधा देते थे, लेकिन अब व्यापारी ही तुलावटी और हमाली देगा उन्होंने कहा व्यापारी एसोसिएशन से सरकार की चर्चा हो चुकी है जल्द ही संशोधन आदेश जारी किए जाएंगे पटेल ने कहा कि किसान अपनी फसल अब घर से भी बेच सकेगा एप के माध्यम से वह अपनी फसल अपनी मर्जी के दामों पर बेचेगा किसान को हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एमएसपी वाला नहीं एमआरपी वाला किसान बनाएंगे किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा तो किसान वर्ग समृद्ध होगा किसान जब समृद्धशाली होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा आज के यादव जी और हमारे बहादुर सिंह जी और हमारे अनिल जनता पार्टी किसान मोर्चा किसान संघ के, के प्रयास ऐसी इनकी मांग पर हम नहीं आया हूँ और आज हमने किसान तो जो कहता था ना मेहनत करता था किसान और किसानी लगाते थे व्यापारी लेकिन अब किसान अपनी फसल का ग्रेडिंग करके बढ़िया रखेगा और एक पर डालेगा और उससे अपनी मर्जी का रेट मिलेगा एक दूसरा अभी तक किसान से हमारी काटी जाती है आधा व्यापारी आधा किसान देता है जबकि हम सोसाइटी में जो किसान माल बेचता है सब सरकार सोसाइटी सोसाई व्यापारी माल खरीदता कर व्यापारी ही हम मानी देगा इसलिए बंद हम कानून में संशोधन कर किसान का कहीं भी यह गुटा नहीं लगेगा किसान घर से बेच प्रत्यक्ष